माँ भारती को वंदन आप सभी दर्शकों का अभिनंदन करते हुए मैं ज्योतिर्विद आशीष पांडे दिनांक 8 दिसंबर दिन रविवार का दैनिक राशिफल आप सभी पिपांसु दर्शकों के सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूँ प्रस्तुत राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित है आज का पंचांग क्या कर ले कहता है आइए पहले इस पर एक हम दृष्टि डाल लेते हैं उसके बाद फिर राशिफल पर भी आगे बढ़ते हैं तो पंचांग आज का कहता है कि विक्रम संबत्त दो हजार छिहत्तर सख परिधावी नामक संवत्सर है मार्शीस माह चल रहा है और आज जो तो तिथि रहेगी सुबह आठ बजकर उनतीस मिनट तक तो एकादशी तिथि रहेगी अर्थात सुबह आज अगर आप आठ बजकर उनतीस मिनट तक की कुछ खाते पीते हैं तो चावल एवॉइड कर दीजिएगा उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी द्वादशी के बारे में हमने बताया था कि मसूर का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए शास्त्रों में इसकी मनाही रहती है सूर्योदय सूर्यास्त की बात कर लेते हैं तो छः बजकर छियालीस मिनट पर सूर्योदय होगा हो सूर्यास्त होगा पाँच बजकर नौ मिनट पर रविवार दिन रहेगा ये दर्शकों हम क्यों बता रहे हैं वार हमने अभी जैसे रविवार बता दिया पहले भी बताए पंचांग पांच अंगों से मिलकर के बनता है ये पांच अंग हैं तिथि वार नक्षत्र योग करण तो इसी के क्रम में हमने आपको वार बता दिया आप नक्षत्रों पर आते हैं तो नक्षत्र रहेगा अश्विनी नक्षत्र एक बात और बताना चाहेंगे अश्विनी नक्षत्र से संबंधित भी हमने एक वीडियो अपने चैनल पर डाला हुआ है जेष्ठा का भी हमने डाल दिया तो आप लोग जा करके इस नक्षत्र में जिन भी जातकों का जन्म होगा आप लोग जरूर देखिए इस वीडियो को क्योंकि बहुत ही वृहद वीडियो होगा करण की बात करें विष्टिकरण रहेगा इसके उपरांत पव और अंतिम करण जो रहेगा ये रहेगा बालो करण योग रहेगा वरियान इसके उपरांत परिघयोग रहेगा शुभ समय की बात कर लेते हैं तो आज यदि आपको शुभ कार्यों को करना होगा तो कोशिश कीजिएगा सुबह ग्यारह बजकर सैंतीस मिनट से लेकर के बारह बजकर अट्ठारह मिनट के बीच में शुभ कार्यों को करिएगा का। अशुभ समय की बात कर लेते हैं तो दोपहर तीन बजकर इक्यावन मिनट से लेकर के पाँच बजकर नौ मिनट तक का समय अशुभ समय रहेगा आप लोग शुभ कार्यों को करने से बचिएगा यही समय राहुकाल के नाम से पंचांग में जाना जाता है चंद्रदेव मेष राशि में चलायमान रहेंगे सूर्यदेव वृश्चिक राशि में चलायमान रहेंगे अब सोचिए एक सेनापति की राशि में जो है सूर्य है और दूसरा भी सेनापति की राशि में चंद्र है सूर्य पराक्रम का कारक ग्रह है चंद्रमा आपके बुद्धि का, का कारक ग्रह है आपके माइंड में जो सोच चलती है वो चंद्रमा लाता है बुद्धि का कारक ग्रह लोग बुद्ध को मानते हैं लेकिन हमारा मानना है कि आपके अंदर जो अचानक से प्लान बनते हैं अचानक से जो सोच आती है अचानक से जो योजनाएँ फलीभूत होती हैं इस पर चंद्रमा आपको जो है मतलब ये चीज़ें देता है दिशाशूल की बात कर लेते हैं रविवार को पश्चिम दिशा की ओर दिशाशूल रहता है पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से बचिएगा यदि यात्रा करनी पड़ जाए तो आप घी का सेवन गुड़ का सेवन पान का सेवन करके यात्रा कर सकते हैं और पहले पश्चिम दिशा की ओर ना जा करके पूर्व दिशा की ओर आपको चार पग चलना रहेगा तदउपरांत आप लोग पश्चिम दिशा की ओर पिचर करिएगा यात्रा करिएगा तो ये तो था दर्शकों देखिए पंचांग अब बढ़ते हैं हम अपने राशिफल पर कि मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए आज के सितारे क्या कहते हैं तो मेष राशि के जातकों रविवार का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है आज आप मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं आपके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति कूट कूट कर भरी रहेगी आज आपके व्यवहार से काफ़ी कुछ लोग आपके आस पड़ोस के लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे और शुभ कामों में आज, आज आपकी मदद करेंगे आज आपसी विश्वास के सहारे में आपके संबंधों में मजबूती आएगी जीवन साथी के साथ आज आप लोग कहीं बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं आज आपकी कोई खास इच्छा जो काफ़ी समय से अधूरी थी वो पूरी हो सकती है ऑफिस में अधिकारियों से आज, आज आपको सहयोग प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है संतान संबंधी कोई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हो सकता है उपाय के तौर पर करना क्या होगा तो आज प्रयास करिएगा कि सूर्यदेव को आज आपको अर्घ देना रहेगा और गाय को गुड़ खिलाना रहेगा शुभ कलर रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक रहेगा पाँच वही वृषभ राशि के जातकों लेकिन वृषभ राशि पर आगे बढ़ें अब आप लोगों से कहना चाहेंगे कि देखिए राशिफल देख रहे हैं तो कम से कम एक बार राम का तो नाम आप लोग जो है कमेंट करिए जय श्री राम आप लोग जरूर लिखिए और हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करिए इतने मेहनत से राशिफल बनता है तो एक लाइक की इच्छा आपसे करते हैं जयपुर और दिल्ली आगमन हो रहा है तो इच्छुक दर्शक जो कोई भी जयपुर से हैं इसके आस के क्षेत्र से यहाँ दिल्ली से हैं आप लोग मिल सकते हैं वृषभ राशि पर चलते हैं तो आज राम जी कहते हैं कि आपके भाग्य के सितारे बड़े बुलंद होंगे राम जी, भी जी भी के आशीर्वाद से आज आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे और आज आपका दिन शानदार रहेगा यदि आप शादीशुदा हैं तो आप पति पत्नी के बीच संबंध मधुर बने रहेंगे आज का दिन व्यवसायिक प्रगति के साथ साथ स्वास्थ्य के लिहाज से सफल रहेगा आज ऑफिस में आपके कार्यों की प्रशंसा होगी आपकी मुलाकात किसी पुराने दोस्त से हो सकती है यदि आप व्यापारी हैं तो आज आपको कोई विशेष सफलता हासिल हो सकती है आज आप कुछ लोगों के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन कर सकते हैं बातचीत कर सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करिए और सूर्य देव को आज आपको केवल जल से अर्घ देना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा नौ मिथुन राशि के जातकों आज आपका दिन अच्छा रहेगा भगवान राम के पूर्ण प्रभाव के कारण आज आप लोग अपने कार्यों में बहुत हद तक की सफल होंगे खास करके जो महिलाएं हैं इनको कोई गुड न्यूज़ प्राप्त होगी मिथुन राशि के जातकों का आज आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा जिससे आज लोग आपको आगे जीवन में जो है बढ़ने की जो है आपको प्रेरणा मिलेगी ऑफिस का पेंडिंग वर्क आज आपको पूरा होगा मिथुन राशि के स्टूडेंट हैं तो जो लोग विदेश में पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं आज उन्हें सकारात्मक सूचना प्राप्त हो सकती है सामाजिक स्तर पर आज आपका रुतबा बढ़ेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि मंदिर में आज, आज आपको कुमकुम का और मौली अर्थात कलावे का आपको दान करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज ग्रीन और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो तो। वहीं कैंसर अर्थात कर्क राशि के जात को आज आपके मन में नए नए विचार जन्म लेंगे लेकिन आपको आज अपने मन को नियंत्रित करना होगा खास करके जो कर्क राशि के जातक हैं आज आप लो बहस बाजी लो लोग बहसबाजी ना करें जो लोग शादीशुदा लोग हैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आज किसी भी जो है क्या कहते हैं अपने माइंड में ईगो को मत लाइएगा गलत बयानबाजी करने से जो है आज, आज आपको परहेज करना है बचना है कोई भूमि से संबंधित सुख आज आपको प्राप्त हो सकता है आय के स्रोत में भी वृद्धि होने के योग हैं जो लोग प्राइवेट सेक्टर की जॉब कर रहे हैं इन्हें कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो लोग व्यापार करते हैं जिन जो लोग टेंडर लेते हैं ठेके लेते हैं उनके लिए बहुत अच्छा आज का दिन रहने वाला है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो सूर्य गायत्री मंत्र का 108 बार आप लोग जाप करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा वाइट और तो शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक वहीं सिंह राशि के जातकों आज आपका दिन सामान्य रहेगा आज आपका मन सामाजिक कार्यों की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित रहेगा लोगों के बीच आज, आज आपके काम की तारीफ रहेगी आर्थिक लाभ के लिए आज आपको मेहनत करनी पड़ेगी माता पिता आज अपने जो है पाल्य को कहीं बाहर घुमाने ले जा सकते पाल्य का मतलब बच्चा होता है आज आप किसी नए कार को लेकर के कोई नई योजनाएं बना सकते हैं लेकिन आज वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखने की देखिए सितारे सलाह दे रहे हैं शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कोई गुड न्यूज़ आज आपको मिलेगी कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें आज, आज आप सफल होंगे लेकिन दूसरों से बातचीत करने पर अपनी वाणी पर संयम रखने के सितारे सलाह दे रहे हैं ओम ग्रीम ग्रीडिम सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करिए आप लोग सफल होंगे सिंहराश के जात को दूसरा आज कोशिश कीजिएगा कि सूर्य देव को जल में लाल कुमकुम डालकर के आपको अर्घ देना है रोली भी बोलते हैं शुभ कलर आपके लिए रहेगा ऑरेंज शुभ अंक आपके लिए रहेगा आठ वहीं कन्या राशि के जात आज आपका दिन उत्तम रहेगा पार्टनर से आज आपके संबंध मजबूत रहेंगे लेकिन आज आपको कोई अज्ञात भय सताएगा मौसम संबंधी किसी बीमारी का आप लोग शिकार हो सकते हैं कैरियर के लिहाज से आज का दिन फेवरेबल रहेगा कंपटीशन वगैरह आज आप लोग क्रैक करेंगे आज ऑफिस में अधूरे पड़े कार्य पूरे होंगे जिससे आज, आज आप लोग बहुत अंदर से प्रसन्न रहेंगे खुश रहेंगे जो है आज, आज आपके काम में आपके सीनियर्स का सहयोग पूरा पूरा -पु मिलेगा यदि आप बिजनेस करते हैं तो आज धन लाभ होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है आज आपके कार्यक्षेत्र में आपकी बातों को तरजीह दी जाएगी सेहत के मामले में आज खुद को ताजगी भरा महसूस करिए उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो किसी गाय को रोटी में गोल डाल करके आज आप लोग जरूर खिलाइए और आदित्य हृदय स्त्रोत का आज आप लोग तीन बार पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज ऑरेंज कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा छः लिब्रा जी हाँ तुला राशि तो तुला राशि के जात को आज आपका दिन मिला जुला रहेगा पारिवारिक काम को पूरा करने में घर के सभी सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा कोई सहपाठी आज, आज, आज आपसे अपनी खास बातें शेयर कर सकता है और आज आप उसकी मदद के लिए तैयार हो जाएंगे खास करके छात्रों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा आज, आज आपके स्वास्थ्य में गिरावट आएगी आपको अपने गुस्से को नियंत्रण में रखने के सितारे सलाह दे रहे हैं किसी से बहस होने की आज संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है आज दोपहर तो बाद आपकी मार्ग में आ रही समस्याएं दूर होंगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि संडे दिन रहेगा हनुमान जी को एक मीठा पान आज आप लोग अर्पित करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा हरा शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा तीन वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो आज आपका दिन शानदार जानदार और मजेदार रहेगा आज आपको कुछ जरूरी कार्यो में दोस्तों की मदद मिल सकती है कई दिनों से अटका हुआ पैसा आज आपको मिलेगा स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहतर परिणाम देने वाला रहेगा साथ ही यदि आपके खिलाफ कोई आ, क्या कहते हैं षडयंत्र करेगा तो आज उसका प्रत्युत्तर आप अपने आप ही मिलेगा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का आज का दिन है आर्थिक स्थिति में स्थिरता बनी रहेगी आज आपका मन धर्म अध्यात्म की तरफ अकल्ट फील्ड की तरफ बहुत ज़्यादा जाएगा दाम्पत्य जीवन में भी संबंधों में मधुरता रहेगी आज आपकी उलझनें कम होंगी कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा उपाय के तौर पे करना क्या रहेगा तो यदि आज आप किसी धर्म स्थान की सफाई करते हैं तथा गुड़ का दान करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा रेड और शुभ अंक आपके लिए रहेगा आठ धनु राशि सैजिटेरियस लेकिन फटाफट लाइक कीजिए जय श्री राम आप लोग जरूर लिखे धनुराज के जात आज आपका दिन ठीक रहेगा ऑफिस में आज आपके काम की तारीफ होगी भाग्य का आज आपको प्रॉपर साथ मिलेगा आज आपका मन प्रसन्न रहेगा परिवार में सबके साथ आज बेहतर संबंध स्थापित होंगे कलात्मक कार्यों में आज आपकी रुचि बढ़ेगी किसी नए प्रोजेक्ट के संबंध में मित्रों की सलाह आज फायदेमंद रहेगी जीवन साथी के साथ धार्मिक स्थल पर जाने की आज प्लानिंग आप बना सकते हैं आज यात्राएँ सुखद रहेंगी शाम को आज बच्चों के साथ कहीं पर बाहर आप लोग ऐसे पिकनिक कह सकते हैं या कोई मूवी देखने आप लोग जा सकते हैं कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट आज आप लोग अपने पार्टनर को गिफ्ट करते हुए नजर आएंगे आर्थिक मामलों को लेकर कुछ लोग आज आपके लिए मददगार साबित होंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा भगवान भास्कर को अर्घ्य दीजिए और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा सेफ्रॉन कलर का शुभ अंक आपके लिए रहेगा नौ कैप्रीकॉन जी हां मकर राशि के जातकों आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा व्यवसाय में आज, आज आपको फ़ायदा होगा ऑफिस में किसी ज़रूरी काम को पूरा करने के लिए किसी सहकर्मी की मदद लेते हुए आज आप दिखाई दे रहे हैं आज, आज आपको कार्य में सफलता भी हासिल होगी आज किसी से बात विवाद ना करें तो बेहतर रहेगा अन्यथा कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ सकते हैं जो आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा इसके अलावा आपको अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखने के सितारे सलाह दे रहे हैं आज लब मीट के साथ कहीं घूमने की आप लोग प्लानिंग कर सकते हैं आज शाम को परिवार के सदस्यों के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर आप लोग चर्चा कर सकते हैं आज आपके पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो गाय को गुड़ और चना आज आप लोग जरूर खिलाइए और भगवान भास्कर को अर्घ दीजिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ब्राउन और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार दर्शकों कुंभ राशि पर आगे बढ़ते हैं आज आपका दिन आपके फेवर में रहेगा कोई रुका हुआ काम पूरा होने से आज आपको खुशी मिलेगी शाम तक आज आपको कोई गुड न्यूज़ प्राप्त करती है जो है प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ रही है घर का माहौल आपके खुशियों से भरेगा आज आपके आसपास के लोग आपके व्यक्तित्व से प्रसन्न होंगे कुल मिलाकर के शरीर में तरोताजगी से आज आप परिपूर्ण रहेंगे लवमीट के साथ आज आपका दिन बेहतर गुजरेगा आज आपकी बातों से कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे सोचे हुए कार्यों की गति मजबूत होगी आपको धन लाभ के आज कई मौके मिलेंगे बिजनेस में कुछ बदलाव होने के योग बन रहे हैं ये बदलाव आज आपके फेवर में हो करके ही रहेंगे पूर्व में किसी को पैसा दिया था तो आज मिलता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा आज आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा जरूरतमंदों को लाल रंग के वस्त्रों का दान करिए और आज सनराइज से सनसेट के बीच नमक को एवॉइड करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट और तो शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा नौ अंतिम राशि स्पाइसेस अर्थात मीन राशि तो मीन राशि के जात को आज आपका दिन खुशनुमा रहेगा आज आप जिस भी काम को पूरा करना चाहेंगे उसमें आपको तो सफलता प्राप्त होगी किसी पुराने मित्र से मिलने आज आप उसके घर पर जा सकते हैं ऑफिस में सीनियर्स आज आपके काम से प्रसन्न रहेंगे लेकिन आज आपका दिन गहन चिंतन में बीतेगा आप किसी बात को लेकर के विचारों में खोए हुए रहेंगे वहीं कुछ नए लोगों से आज आपकी मुलाकात होगी फ़ायदेमंद मुलाकात होगी घर पर किसी पार्टी के आयोजन का प्लान बना सकते हैं आज जो छात्रवर्ग हैं इनको शिक्षक की तरफ से विशेष मार्गदर्शन मिलेगा मित्रों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे यात्राओं का योग बन रहा है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा सूर्य गायत्री मंत्र का एक आठ बार पाठ करिए और आज किसी कन्या को आपको जो है कुछ मीठा चॉकलेट हो गया या गोल्ड हो गया इसको आप लोग खिलाइए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज ब्राउन कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा सात तो ये तो था मिस से लेकर के मीन राशि का राशिफल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए अपने विचारों को शेयर कीजिए आपके भी यदि कोई प्रश्न है तो आप अपनी कुंडली का हमसे विश्लेषण करवा सकते हैं आपके शहर में हम आते हैं हर माह आते हैं इस बार भी हमारा जयपुर और दिल्ली आगमन हो रहा है जो भी दर्शक आसपास के क्षेत्र से हैं मिल सकते हैं अपनी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं दीजिए इजाज़त मिलते हैं अपने नए वीडियो में अपनी वाड़ी को विश्राम देते हुए आप सभी को प्रणाम करते हुए जय श्री रामी